first blood wow very dangerous <laughs> no no no no <laughs> first blood <bride>. bura lagta <laughs> hai bhai aap log bhi jante ho हाँ ये कर लो पहले <laughs> First? मेरे साथ अन्याय हुआ है हमारे मत तेरे बाप को मतलब first blood is sala ye duk kay khatam nahi hota be